पार्ट वन पर हमने दिखाया था कि राजिस्टर को कैसे उन तीनों नूबड़े बुल के भगा देते हैं उसके बाद राजिस्टर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और घर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगता है और वो देखते ही देखते लेजेंड बन जाता है और वो अपना किंगडम पर राज करने लगता है दूसरी तरफ उन तीनों के ऊपर रेड क्रिमिनल एंड येलो क्रिमिनल ने अटैक कर दिया था और रेड क्रिमिनल काफ़ी ज़्यादा बुरा बर्ताव करता है लड़की के साथ और राजिस्टर ने पीछे से हुइसल मार के और रेड क्रिमिनल को बुलाया और रेड क्रिमिनल राइस्टर को देखने लगता है और राइ भी रेड क्रिमिनल को देखने लगता है और राइ उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए दोनों येलो क्रिमिनल को डे चार्टिकल से वॉन्टेड मार के मार देता है और ये सब देख के रेड क्रिमिनल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इसका बदला लेने का सोचता है वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा